है ना तुम्हारे जैसे बहुत सारे पुलिस वालों के घर चलते हैं। हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे जीते हो तुम लोग मौका मिला तो मैं